हाई एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल सो कैसे हो आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे सो so, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फेस क्लिनप सो आज मैं क्लिनप करने वाली हूँ और वो प्रोसेस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसे क्लिनप मैं करती हूँ और ये बहुत simple है बहुत easy है So जो step वन है वो पहले cleansing है So आप देख सकते हो मेरे face अभी dry है तो मैं इससे पहले भिंगा लेती हूँ सो so, मैं इस तरह से अपने फेस को पहले गीला कर लेती हूँ ताकि इजीली मैं क्लिनजिंग कर सकूं। सो so, अभी ये गीला हो गया अभी मैं क्लिनजिंग करूंगी मैं अभी यहाँ पे फेस वॉश ले लेती हूँ क्लेंजिंग मेरा मैं इसे अच्छे से क्लीन फेस पे लगा लेती हूँ में जो मेरा सॉफ्ट टावल था मैं वो उसे स्क्रब तो so, इस तरह से आपको स्क्रब कर ली ऐसे तो बहुत अच्छे फेस क्लीन होते हैं बहुत ही अच्छे मुझे ऐसा फील होता है और अच्छे से टाइम भी रिमूव होते हैं फेस को अच्छे से स्क्रब कर लिया है अभी मैं इसे वॉश करती हूँ so, सो मैं यहाँ पे स्क्रब ले ली हूँ अब मैं इसे फेस पे लगाती हूँ क्लिनसिंग के बाद स्क्रब करना सो so, पहले मैं इसको फेस पे लगा लेती हूँ और स्क्रब के ऊपर से मैं स्टीम बनानी डायरेक्ट तो मुझे फेस पे स्टीम नहीं डालना है उसे उससे होती है स्किन और फिज अभी मैं स्किन लूँगी आप लोग देख सकते हो स्टीम आ रहा है अभी तो मैं स्टीम लूँगी ऐसी आपने भी स्टीम ले लिया है और मैं भी इसे स्क्रब करूंगी स्टीम लेने के बाद इसे आपको अच्छे से स्क्रब करने पड़ेंगे इसे रब करने पड़ेंगे तो भी आपको स्क्रब करने पड़ेंगे अब मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ और ये मेरा रियल स्किन है कोई फिल्टर नहीं है सोटर स्क्रब के बाद ये ऐसा है अफकोर्स थोड़ा कैमरे में डिफरेंट दिखते हैं रियलिटी टू एस कैमरा थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं बट यस uh, क्लीन yes, है पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो जाते हैं अगर जब आप क्लीन अप करते हो तो ऐसे दिखते हैं बट थोड़ा डिफरेंट होता है कैमरा में थोड़ा ज़्यादा साफ दिखते हैं कैमरा में और रियलिटी थोड़ा डिफरेंट होता है से ट्वेंटी परसेंट टेन परसेंट थोड़ा डिफरेंट होता है सो so, अभी मैंने स्क्रब कर लिया है और मैं सोच रही हूँ वाइट रिमूव करूंगी क्योंकि मुझे बहुत पेन होता है बट फिर भी मैं करूँगी सो so, आप देख सकते हो एक्चुअली तो मेरे है नहीं ज्यादा 就捉了。不捉, ज्यादा नहीं。 सब so, ये हो गया है अभी मैं थोड़ा सा क्रीम लगाऊंगी उसके बाद मैं डायरेक्ट फेस मास्क कर तो मैंने यहाँ पे ये मसाज क्रीम ले लिया है क्लीन अप जब आप करते हो तो वो क्लीन अप होते हैं वो फेशियल नहीं होते बहुत किसी को इसमें कन्फ्यूज़न है कि क्लीन अप फेशल होते हैं क्लीनअप ये होते हैं कि आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देने फाइव फाइव फाइव मिनट्स करके थर्टी मिनट्स में आपको फिनिश करनी होते डीप क्लिनजिंग जो होते हैं हो वो फेशियल होते हैं सो मैं क्लीन अप कर ली हूँ तो इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं पाँच मिनट जस्ट थोड़ा मसाज करूँगी मैं आप लोग के साथ फुल फेस मसाज करूँ वीडियो शेयर करने वाली हूँ तो क्योंकि मुझे पता है फेस मसाज बहुत ही अच्छे से पता है क्योंकि जब मैंने ट्रेनिंग लिया था तो मैं वहाँ से सीखी थी एंड मुझे बहुत ही अच्छा फ़ेस मसाज करने आता है ये मेरा कॉन्फिडेंट है ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है सो तो मैं वो भी आप लोग के साथ एक, एक दिन शेयर करूँगी वीडियो बनाऊँगी मैं फुल मसाज फेस करना जरूरी होता है ताकि आपके स्किन रोज ना हो तो ये मेरा फेस मसाज हो गया है अभी मैं इसे थोड़ा क्लीन कर लूंगी हल्का क्लीन करना ज्यादा नहीं और इसके ऊपर ही डायरेक्ट फेस मास्क लगाना तो है फेस मास्क लगा ले रही हूँ फेस मास्क को मैं ट्वेंटी टू मिनट्स रखूंगी इसके बाद प्रिंस करूंगी तो so, ये था मेरा ऐसे भी अगर आप मंथली दो बार कर लोगे ना नाथ में फेस बहुत ही ग्रीनी बहुत ही ग्रीन देख सकते हो यही था मेरा था आज का वीडियो सो अच्छा। मैं यहाँ फेस मास्क लगा लिया है मैं इसे ड्राई करने के लिए छोड़ दूँ यह था आज का मेरा वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज मैं इस वीडियो पर थोड़ा मेहनत कर रही हूँ मैं बहुत सारा वीडियोस बनाई भी हूँ बट उस ज़्यादा व्यूज भी नहीं है सब्सक्राइब बट भी नहीं है सो प्लीज गाइस सपोर्ट करो कि मैं यू लाइक आगे बढ़ूं और और भी मोटिवेशन मुझे मिले वीडियो बनाने के लिए सो so, ये था मेरा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एच थैंक यू सो मच